हमें सीने पे हमला करने वाले उन दुश्मनों से उतना खतरा नहीं जितना हमारे पीठ पीछे हमला करने वाले अपनों से होता है जो लोग तेरे सामने ज्यादा मीठे बात करते हैं अक्सर वही लोग तेरे पीठ के पीछे उतना ही जहर उगाते हैं